हेलो एवरी वन वेलकम टू माई अनादर प्रोडक्ट वीडियो आज समर की वजह से सुबह ऑफिस सात बजे से शुरू होता है तो मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने के लिए क्योंकि मुझे ये सब काम करना पड़ता है और खाना भी बनानी पड़ती है क्योंकि डेढ़ बजे जब मैं ऑफिस से आऊँगी तब मुझे टाइम नहीं मिलेगा लंच बनाने के लिए तो मैं सुबह उठकर लंच बना लेती हूँ फिर नहा धो के तैयार हो जाती हूँ और थोड़ा सा पूजा वुजा करके नाश्ता करके ऑफिस निकल जाती हूँ ये देखिए मैं आ गई ऑफ़िस ऑफ़िस में मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ मेरे डेस्क में मैंने रखा है यूपीएससी का एक सेपरेट फोल्डर बना के जो जो बुक्स मुझे मतलब पढ़ने के लिए अच्छा लगता है या फिर मुझे चाहिए यूपीएससी के लिए तो मैंने इसका एक फ़ोल्डर बना के रखा है तो जब भी टाइम मिल जाता है मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ ऑफ़िस में वैसे काम तो बहुत ही रहता है ऑफ़िस में पर जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ाई कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा जो मॉर्निंग का पढ़ाई मेरी नहीं हो पाती है ऑफ़िस की वजह से टाइमिंग की वजह से वो ऑफ़िस में थोड़ा थोड़ा हो जाता है मतलब एक डेढ़ एक डेढ़ घंटे ऐसे ही मिल जाते हैं मुझे पढ़ाई करने के लिए तो ये चल रही है मेरी ऑफ़िस की पढ़ाई बजने वाले हैं डेढ़ बजे ऑफिस से आ गई और खाना ख़त्म कर लिया फिर अभी पढ़ाई करने के लिए तैयारी हो कर रही हूँ मेरे जो किताबें इधर उधर बिखरे बड़े थे उनको मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया प्रॉपर्ली, ताकि टेबल पे थोड़ी जगह मिले पढ़ने के लिए आराम से बैठ के तो अभी मैं शुरू करने वाली हूँ श्रीराम राम की इकोनॉमी जो पार्ट मैंने पढ़ा था ऑफिस में तो उसकी हार्ड कॉपी है मेरे पास तो उसको दोबारा से पढ़, पढ़ देने से उसका रिवीजन भी ख़त्म हो जाएगा मेरा और कुछ नई चीज़ें भी पढूंगी मैं i write down bullet points while reading because it's very easy way to memorize things तरुण गोयल से हाइड्रोस्पियर पार्ट मुझे ज़रूरी था पढ़ना तो मैंने वो पार्ट पढ़ाई कर ली क्योंकि मैं कल रात को एमसीक्यू एक हाइड्रोस्फियर की रिलेटेड एक एमसीक्यू कर रही थी तो इसीलिए मैंने सोचा जो तरुण गोयल बुक है उसमें से मैं हाइड्रोस्फियर का पार्ट कवर कर लूँ I I wanted a a break, so near about 4:30 PM I went for a shopping. ये जो मॉल है यहाँ पे हर कोई सामान मिलता है bags, chappal वगैरह और फिर किचन का सामान हो या फिर आपकी मतलब घर की सजावट के लिए या फिर कोई स्टेशनरी के सामान हो हर कोई चीज़ यहाँ पे मिलता है और घर की सजावट के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो मेरे नज़र में आया रिस्ट वॉच आई वाटेड रिस्ट वॉच सो आई गोन चूजिंग ये पहले मुझे अच्छा लग रहा था पर मुझे नहीं हुआ हाथ को नहीं लगा मेरे सो फाइनली सिलेक्टेड माई रिस्ट वॉच इट वॉज ऑफ टू थर्टी फाइव रुपीज ओनली सो दीज आर माई प्रोडक्ट्स ये सब मैंने आज शॉपिंग की है और अभी काउंटर में इसका बिल्डिंग चल रहा है तो देखिए ये सारा सामान इसमें कुछ स्टेशनरी आइटम्स है कुछ किचन का सामान है कुछ डेकोरेशन वाले आइटम्स है जैसे कि आर्टिफिशियल प्लांट्स और गणपति ये देखिए वर्ल्ड क्लब ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पे देखिए और क्या क्या है ये देखिए मैप इसमें एक वर्ल्ड मैप है और एक इंडिया का भी मैप है तो अभी टाइम हुआ है 6:30 तो मैंने पूजा कर ली शाम को फिर मुझे पढ़ाई करने के लिए बैठना है 6:45 हो गया है अभी मुझे पढ़ाई करनी है आ, मैं उड़ीसा के पीसीएस के लिए तैयारी कर रही हूँ एक साथ यू के साथ तो इसीलिए क्वांटिटेटिव क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड भी थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ जब भी टाइम मिलता है तो ये नाइन थर्टी को मेरा डिनर तैयार और इसे ख़त्म करके मैं बैठ जाती हूँ फिर से पढ़ाई करने के लिए तो देखिए ये मेरा करंट अफेयर्स की पढ़ाई अब शुरू होगी मैं जो अपना डेली करंट अफेयर्स है वो ऑनलाइन से पढ़ाई करती हूँ और इसकी छोटी छोटी नोट्स बना लेती हूँ जो जो इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है इसका एक कापी में नोट्स बना लेती हूँ तो ये मैं बर से लेकर जो आज तक का करंट अफेयर्स है इनको मैं रिवाइज कर रही हूँ अभी 11 बजने वाले हैं मुझे जल्दी सोना है इसीलिए मैं पढ़ाई खत्म कर रही हूँ क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है ऑफ़िस के लिए सो गुड नाइट